तो हिल दोस्त यू कैसे मौक करने की कोशिश की पटाउ बुड़ी बाई तो दोस्त आई होप आप सब पढ़े होंगे तो आज आपके ले लेके आ चुका हूँ एक अलग ही टॉपिक के वीडियो आज मैं लेके आ चुका हूँ शिनचैन के एक एपिसोड के ऊपर वीडियो जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है और कि आज मैं सबसे अलग ही टॉपिक लेके आऊँ अपने चैनल पर तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं और इस एपिसोड में सबसे पहले हैरी कंफ्यूज रहता है उसके बाद तो डीवी थी वो कौन सी टीवी देखे और वो पहले फर्स्ट वाली टीवी को उठाता है जिसका नाम होता है एक्शन इम्पॉसिबल और उसके बाद वो सोता नहीं मैं दूसरी वाली देखूं और वो दूसरी वाले को उठा लेता है उसके बाद आप हमारा प्यारा सा सिंचे न है और वो कहता है हम एक्शन काम की देखेंगे पर उसके बाद साथ ही मीची और दूसरे नाम मुझे याद नहीं आ रहा वो जाते घर में और उसको देख के हैरी बहुत ही नाराज़ हो जाता है और कुछ से जाता है उनको पाप बचाने के लिए कह देता है और वो घर पापाते वक्त कहते हैं आपने यह अच्छा नहीं किया हैरी पर उसके बाद हैरी जब पीछे देखता है तो सिंचन अपनी मूवी देखने लग पड़ता है एंड मिची दोनों जा रहे थे रास्ते में घर अपने वापस बाहर घूमने तो देखते हैं एक दुकान जिसके ऊपर डी और आगे मुझे समझने कुछ लिखा होता है तो वो उसके अंदर जाते हैं और जो अंदर जाते हैं वो थोड़ा डर जाते हैं और उसके बाद वो साइड में देखते हैं वो सारी सेम ही सीरीज़ की हैं और एकदम से एक पीछे हाथ में आ जाते हैं और वो दोनों डर जाते हैं और उनको वो कहते हैं आज के लिए सभी फ्री है और तुम ले जाओ तो जैसे ही वो घर जाते हैं और मूवी देखना शुरू करते हैं टी में से दो तो बंदे आते हैं और उनको अंदर खींच लेते हैं और उसके बाद नीचे और दोनों मर... घर पहुँचा जा, जाते हैं छनचैन के और छचैन वहाँ पे फिर से कहते हैं एक्शन का मूवी देखेंगे एंड वो जब घर आते हैं उनको कहते हैं तुम भी ये वर्डी डी देखो पर वो कहते हैं तुम फिर से आगे हम नहीं देखना चाहते पर वो ले लेते हैं और उसके बाद उसके टैड फिर से वो मूवी देखने लग पड़ते हैं तो वाली चूज उन चूज़ की थी और उसके बाद उनकी जो नीबर है वो घर आती उनको कहते हैं तुम भी ये मूवी देखो पर वो कहते हैं मेरे पास ना नहीं होता और उन वो कुछ तुम देखो पर वो हैरान रह जाती है उसके बाद उसकी मम्मी शिजन को कहती हैं तुम मतलब कि मसाओ बुलाया है और मसाऊ भी वहाँ पे मसाऊ भी सॉरी वहाँ पे उसको कहता है तुम भी ये वाली मूवी देखो और जब उसने पूछा तुमने ये मूवी देख लिया वो कहता है, नहीं मेरे भी घर पड़े पर मैंने देखी नहीं और वो कुछ से में आ जाता है और उसमें आ जाता है उसको देख कर घर वापस भाग जाते हैं जब हैरी और मतलब उनकी मिर्ची देखने लग पड़ते हैं वो भी देखने शुरू कर देते हैं और वही तो बंदे वापस उनको आते हैं और उनको देखकर वो दोनों हैरान हो रहे हैं मतलब डर जाते हैं और उ, उ, वो बंदे उनको अंदर खींच लेते हैं वैसे हमारे प्यार से की एंट्री हो जाती है छिंचन अंदर आता है और उसके मोम डैड वही डिविटी ले खड़े होते हैं वो उनको कहते हैं छंछन को कि तुम भी ये देखो और छिंचन भागने लगता है वो भी उनका पीछा करना लग ते हैं दोनों तो वो जब रूम में जाता है टी वी वो देखते हैं उनके मम्मी पापा भी टीवी में क्या आते हैं और उसके बाद उसको अपनी शक्ल देखने लग पड़ती है टी में और वो डर जाता है अचानक वो जब देखता है पैर के नीचे उसके रिमोट आ जाता है एंड सब कुछ रिवाइंड हो जाता है टीवी में से एंड उसके आस मो डैड वापस बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं ये क्या हो गया था वो कहते हैं उसका सिंचन कहता है मैं फिर से ये बटन दे पाऊँ वो कहते हैं नहीं नहीं बेटा अब मुझे ऐसा करना और उसके बाद वो कहते हैं सभी लोग भी मतलब वैसे ही होगा हो सभी लोगों के साथ और उसके बाद ही एंटर हो जाते हैं विलन के मतलब डीवीडी मैन का जो बंदा है और वह आता है उनको कहता है मैं हूँ उनका राजा डीवीडी मैन का और वह अपने असली रूप में आ जाता है वैसे हमारा शिशान सिनचैन उसके कंधे के ऊपर चढ़ जाता है और उसकी सीढ़ी खराब जो आँखें उसकी ख़राब करने शुरू कर देता है और हैरी से होता है मतलब इसकी ये कमज़ोरी है। और हैरी भी उसके साथ वो सीढ़ी को ख़राब करने लग पड़ता है एंड वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है मतलब कि वो उसकी मतलब कि सीढ़ी ख़राब हो चुकी थी तो फाइनली वो ख़त्म हो जाता है और वो देखते हैं सभी ठीक भी हो जाते हैं अगले दिन फिर से वो हैरी जो है मूवी देखना शुरू करने लग पड़ता है एंड मीची उनके करा जाते हैं एंड बाद में वो साइड में देखता है शिंचन। फिर से एक्शन का मूवी देखने लग पड़ता है और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर मैं देखता हूँ कि जितने व्यूज़ है उतने लाइक आ गए हैं तो मैं, तो मैं सुबह जाऊंगा आप पसली सींचवर हूँ एंड सब्सक्राइब भी कर देना आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप अगर ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना आपके रिक्वेस्ट है तभी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा और वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए तो बाय बाय गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में